आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो एंड आप दृढ़ निर्णय लेकर अकाउंट को डिलीट करने की सोच रहे हो मगर आप अपने निर्णय को बदलकर अपने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलोअर्स को इंक्रीज करके इनके तरह कीड़ा मकोड़ा बनना चाहते हो तो आई बटन में जाकर वीडियो को देखो जियो अपनी जिंदगी लेकिन आप अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो चलिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करते हैं तो पहले आप अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करिए एंड अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करिए यहाँ पर आपको तीन व्हाइट लाइन पर क्लिक करना है यहाँ पर आप सेटिंग ऑप्शन के ऊपर जाना है यहाँ पर आप सर्च बार में हेल्प सेंटर सर्च करना है आप फिर से यहाँ पर डिलीट अकाउंट सर्च करना है यहाँ पर सर्च करते ही आपको डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको डिलीट यूर अकाउंट पेज पे टैप करना है टैप करते ही यहाँ पर एक रीज़न सेलेक्ट करके अपनी ईमेल पासवर्ड डालकर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है इस अकाउंट को आप रिकवरी भी कर सकते हो लेकिन इस टाइम लिमिट में तो आज का इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इन बाई साहब का बात जरा सुन लीजिए अच्छी बात बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप थोड़ा सा मार दीजे। मार दीजिए, दीजिए, एक बार मार दीजिए क्यों कष्ट हो रहा है आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए